कन्या राशि में गोचर करेंगे और 10 नवंबर 2019 रविवार की दोपहर तेरह इकतीस मिनट तक की इसी राशि में रहेंगे मीन राशि राशि के जातकों मंगल आपकी से सप्तम भाव में संचरण करेंगे गोचर करेंगे इस दौरान आपके जीवन साथी के स्वभाव में क्रोध बढ़ने की संभावनाएं रहेंगी वे आप पर हावी होने का जो है प्रयास करेंगे साथ ही वैवाहिक जीवन में लड़ाई झगड़ा भी संभव है ऐसे में जीवन साथी के साथ बहसबाजी ना करें तो बेहतर रहेगा और छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज करें जीवन में भी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है वही कार्य क्षेत्र में आपको सकारात्मक परिणाम प्राप्त होंगे महिलाओं से अच्छे रिश्ते को को और केले का भोग आप लोग हनुमान जी को अवश्य लगाए मंगलवार वाले दिन भी किसी गाय को आप लोग जो है गुड़ और चना या बेसन आप लोग जरूर खिला सकते हैं बेसन से बनी हुई कोई तो मिठाई भी खिला सकते हैं तो दर्शकों